लोग कहते हैं कि दिल और दिमाग के बीच में दिल की सुनी जाए, लेकिन जब जा दिल टूट जाता है तो उससे बेहतर एडवाइस तो दिमाग ही देता है, है, हाँ तो है, तो है किससे